चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तेल बताओ कितना महंगा हो रहा हर सामान पे महंगाई साल भर तो अल्ले हमारा गैस नहीं भरा गा सुन गैस नहीं भरा गा हमारा तो तू तो चूल्हा चला लै कुछ नहीं है भाई तो फ्री फंड में ही है सरकार के कर रही कुछ नहीं इतनी में क्या क्या दिक्कतें हो रही है घर में भाई इतनी महंगाई में तो सारी दिक्कत है बच्चों को सबसे पहले तो पढ़ाने लिखाने की में दिक्कत है अब सिलेंडर नहीं भरवाया देता लकड़ी लुगड़ी लानी पड़ा और इकट्ठी करके जि बनानी पड़ा रोटी नहीं पैसे होते ते तो हाँ। और तेल तेल बताओ कितना महंगा हो रहा और सामान पे इतनी महंगाई बढ़ रही है दिक्कत तो आई रही उज्ज्वल योजना से पहला सिलेंडर के क्या दाम थे और कितनी सब्सिडी मिलती थी जब रुपए रुपए का का सब्सिडी थी अब तो ऐसा सिलेंडर और सब्सिडी बहुत प्रॉब्लम हो रही आपको सब्सिडी क्यों नहीं मिली क्या वजह है इसकी? पता नहीं भाई क्यों नहीं दे रही सरकारी सब्सिडी सरकार खाना कैसे बनाते हो हो आप बस चुले पे पे ज़्यादा तो तो गैस पे तो कभी कभी जिस तरह में रही है ऐसे बना ले पहले तो कुछ ठीक भी था हिसाब साब पाँच सौ चार सौ रूपए ले देगा कर लेते हैं कुछ अभी तो बहुत महंगा हो रहा है तो बोलती है बाबू कुछ ठाक है तो देख, देख क्या क्या तो खुरपा चला लोबड़ा पैर लंत छोड़ लाई कितना कमा ले तो एक महीना बस कोई डेढ़ सौ देख सो के दो सौ दे साल भर तो लिया हमारा गैस नहीं भरा गा सुन गैस नहीं भरा जो का तो चूल्हा तो चला ला चुला था तो जी मिले थे कितने लिया पूरा क्यों नहीं भरवा पा रहे जी भाई पैसे ना तो इतने होते भरवा नहीं पा रहे कमाई इतनी है भाई सब्सिडी मिल रही थी आपको एक तो थी एक दो फेरी भरवाया था अब नहीं मिलती ना अगर, हम अब भाई। नाम भरवाते मिलेंगे सब्सिडी मिलेगी तो हमें हम भी जरूर जितना जैसा हमारा फिर आ रहा कुछ वो तो कट्टेगा कुछ वो हमें देवागा इतना उसके पूरे नहीं होगा इतना हमारे सब्सिडी मिलेगी तो मतलब वो किस चीज के पूरे कर रहा है इसका कट्टाना खाना कैसे बनाता है खाना पे बना, इतनी में मैं पे खाना बना ले हाँ। ला बता के भाई दोबर कर का पका लिया थमथमसी का पका लिया पकावा चूल्हे पे आपकी कोई गुजारिश सरकार ऐसी कुछ नहीं है भाई तो फ्री फंड में ही है सरकार के कर रही हमारी कुछ नहीं कर रही आ रहा फोटो आ रहा अच्छा एक मुझे